नमस्कार मैं गौरी प्रस्तुत करती हूँ दिल खुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें मेरी पिछले वीडियो में जो मैंने गुलजार जी की शायरी आपसे कही थी उनमें से कुछ हरिवंश राय बच्चन जी की भी थी लेकिन मैं उनके नाम का जिक्र करना भूल गई माफ़ कीजिएगा तो आज मैं आपको सुनाती हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ शायरी कुछ कविता एक आम आदमी के जीवन पर वे बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में लिखते हैं बैठ जाता हूं मिट्टी में अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है चल जाते हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदाज से क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली ना दोस्त बदले हैं एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे सोचा था घर बसाकर बैठूंगा सुकून से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 जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है एक सवेरा था जब हम हंसकर उठते थे अब तो बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए गम को छुपाते छुपाते खुश हूं और सबको खुश रखता हूं लापरवाह हूं पर सबकी परवाह करता हूं सोचता हूं पूरी दुनिया को बदल डालू मगर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत कहा महंगी से महंगी घड़ी खरीद कर भी देख ली मगर ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला यू ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं मगर पता ही नहीं था कीमत तो चेहरे की हुआ करती है अगर खुदा नहीं तो जिक्र क्यों और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों वैसे दो बातें इंसान को अपनों से दूर रखती हैं एक उसका बहम और दूसरा उसका अहम तजुर्बा कहता है लोगों के लोग सादगी में जीने नहीं देते दूसरों के गलतियों का हिसाब न कर खुदा बैठा है तू हिसाब न कर